का कौन है? रात रात में करा लिया। कोई छोरी तो दियो। रावण कने कुंभ और लाखों राक्षस राक्ष सेनाई बन रावण क्या इन कहो क्या मैडम रात रात में गैम पलट देंगे <laughs> कमला जापान में फाइव जी सिम लॉन्च होगी हाँ। और चीन में पुल बन गया हाँ। लेकिन आपने भारत में हाँ। भाई पड़ी है आंगनबाड़ी में दिल बना के नंबर ओ तो भाई जी बढ़िया रहे हो दस सिर राउंड का जे ए दस सिर का बीगा तो क्या वार है तो ब्यूटी पार्लर की दुकान है खुद की करनी पड़ा रहे भाई यार मन तो चा की आदत पड़ गई जो चा छूटाओ नहीं चाहता इना तो इना ओ ओ देख देख भाई यार तो पड़ी पेट बड़ा अरे का महंगा महंगा नहीं दिखेगा कृष्ण शिवपुर फतुई गंगानगर में एक बहुत बड़ो पहली बार बहुत बड़ो विशाल मतलब जागरण रखियो है सत्रह अक्टूबर दो हजार बाईस ने तुंजां तू ही नहीं भाई जी तू इंजांगे <laughs>